आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें आप अब घर बैठे अपने एंड्राइड मोबाइल से इंडियन ऑयल वन एप्लीकेशन से आप घर बैठे गैस बुकिंग कर सकते हैं जिसमें आपको पेमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है आप कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट कर सकते हैं कि जब आपके पास सिलेंडर पहुंच जाए तब कर सकते हैं वैसे आपने देखा होगा अदर एप्लीकेशन में पेमेंट करने के बाद ही सिलेंडर आता है लेकिन इसमें ऐसा नहीं है आप इसमें बुक कर दीजिए बुक करने के बाद आप घर पर भी कैश ऑन डिलीवरी पैसा दे सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपको जो है प्ले स्टोर से इंडियन ऑयल वन नाम से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है तो आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन इस प्रकार से होगी इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी उसके बाद आप यहां देख सकते हैं तीन डॉट इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद लॉग इन सिंगअप तो आपकी आई बनी होगी नहीं तो आपको इसके लिए सिंगअप पर क्लिक करना है जैसे ही आप सिंगप पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ लास्ट में डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर इस पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा ईमेल आईडी मांगेगा और आपका नाम जो भी आपके कागज़ पे हो तो वो नाम यहाँ पे दर्ज करना है और ये चारों चीज़ भरना कम्पलसरी है तो चलिए हम मोबाइल नंबर और ये फॉर्म भर देते हैं इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये चारों चीज़ भरने के बाद आई एग्री इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद रजिस्टर इन रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपको पासवर्ड कंफर्म करा देना है और कंफर्म कराने में मेन पासवर्ड करीबन आठ कैरेक्टर का डाल करके जिसमें एक नंबर भी होगा एक अल्फ़ाबेटिक भी होगा तो आप ये देख सकते हैं पासवर्ड पॉलिसी क्या है नीचे इन कैरेक्टर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो डालने के बाद चलिए दोस्तों तो इस पर आप ओके देख रहे हैं इस ओके पर आपको क्लिक कर देना है ओके पर क्लिक करने के बाद आप दोस्तों देख सकते हैं पासवर्ड सक्सेसफुली कंप्लीट तो अब आपको यहां पे लॉगिन करना है तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपने जो अभी रजिस्टर्ड किया है उस रजिस्टर मोबाइल नंबर को यहाँ पर डाल देना है और अपना पासवर्ड डाल देना है पासवर्ड डाल देने के बाद लॉगिन नाउ इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आप इंडियन ऑयल वन एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं जिसके नाम से गैस होगी यहां पे उसका नाम भी दिख जाएगा और ये न्यू कनेक्शन और कस्टमर सपोर्ट लोकेटस और कॉन्टेक्टस ये स्वच्छ भारत वगैरह काफ़ी इसमें फंक्शन वगैरह है तो आप यहाँ पर भी तीन डॉट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं जिसके नाम से वो नाम यहाँ पर शो हो जाएगा एल वगैरह हर चीज़ यहाँ से अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं चेकफिल काफ़ी सारे आइटम हैं तो इसको आप अपने हिसाब से कर सकते तो दोस्तों आप जब इंडियन ऑयल वन पे आ जाएंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं लिंक माई एल पी इस पर आपको क्लिक कर देना है क्योंकि आपका ऑलरेडी सिलेंडर कनेक्शन है तो यहां पे आपको अपनी कागज़ पे आप देखिएगा जो एल पी होती है जो कंज्यूमर नंबर वो आपको यहाँ पर फिल कर देना सोलह डिजिट का तो चलिए हम फिल कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते आप अपनी एल पी जी पर डाल के सोलह अंकों की होगी उसको डाल दीजिए डाल देने के बाद आप ये जो सबमिट पे देख रहे हैं इस सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कंज्यूमर डिटेल यहां पर आ जाएगी ये डिटेल आप अपना अपने हिसाब से देख लीजिए और आप अपने कागज के नाम की जो पूरी डिटेल होगी वो आ जाइए रिलेशनशिप आई वगैरह ये आप देख सकते हैं वही कंज्यूमर नंबर था मोबाइल नंबर यहाँ अपडेट है नहीं और आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटर नेम भी आ जाएगा एड्रेस आपका आ जाएगा उसके बाद यस इट करेक्ट इस पर आपको क्लिक कर देना है यानी ये आपकी डिटेल यही है तो जैसे ही आप इसको क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं योर रिक्वेस्ट लिंक योर एल पी जी आई डी ये आपका लॉगिन इन मतलब कन्फर्म हो चुका है तो उसके बाद ये री लॉगिन अब आपको यहां से री लॉगिन कर देना है तो अब आपसे यहाँ पर दोबारा से लॉगिन करने के लिए कह रहा है तो यहाँ पे अब आपको लॉगिन दोबारा से करके अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लेना है तो चलिए हम अपना पासवर्ड डाल लेते हैं लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद आप देख सकते हैं लॉगिन नाउ इस पर फिर से आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं फिर से लॉगिन पे आप आ चुके हैं तो ये देखिए जहाँ पे न्यू कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा था वहाँ पर अब आ गया है ऑर्डर सिलेंडर अब आप अपना सिलेंडर यहाँ से आसानी से बुक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पेट्रोल के रेट वगैरह भी ये डीज़ल के ये आपको दिखाता रहेगा आपकी लोकेशन के अनुसार तो चलिए हमको सिलेंडर बुक करना है तो हम ये सिलेंडर पर क्लिक करेंगे ऑर्डर सिलेंडर पर तो देख सकते हैं एल रिफ़िल जो आपका सिलेंडर होगा चौदह किलो दो ग्राम तो वो यहाँ पर है और आपका डिस्ट्रीब्यूटर डिटेल भी है ये डिटेल यहाँ देख लीजिए तो आप डिलीवरी ऑप्शन पे आप देख सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी जो आपका एड्रेस होगा वहीं पे ये पहुंचा दिया जाएगा और ऑर्डर डिटेल आप देख सकते हैं एल पी आपकी ये है और प्राइस जो रेट होगा वो रेट यहाँ पे शो हो जाएगा उसके बाद कंज्यूमर नंबर भी आपका शो हो जाएगा नेम सो हो जाएगा कि किसके नाम से सिलेंडर है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे लास्ट के चार डिजिट दिख जाएंगे और उसके बाद ई मेल और आपका पता ये आप देख सकते हैं नीचे ऑर्डर नाउ तो यहाँ पे आपको ऑर्डर नाउ पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कन्फर्मेड आपका ये ऑर्डर बुक हो चुका है सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी यू कैन पे ऑनलाइन अस वेल अवेलेबल सेम ग्रेट डिस्काउंट तो प्राइस आपको नौ रुपए का सिलेंडर है जी वगैरह चौबीस और चौबीस तो ये टोटल एक हज़ार अट्ठाईस की बची क्लिक कर देना है चाहें तो आप यहाँ से पे भी कर सकते हैं पे नाउ और न चाहें तो आप गो टू होम पे भी कर सकते हैं तो अगर आपको पेमेंट करना है तो आपको हम पेमेंट का तरीका बता देते हैं पे करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपको हाँ तो देखिए पे नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पेमेंट जो है जो भी होगा वो बता देगा उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है तो प्लीज़ वेट करके वो चलेगा आपको देख सकते हैं ये आपको पेमेंट डिटेल पर पे भेज देगा तो अब यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यूनिफिड पेमेंट यानी भीम यूपीआई के माध्यम से जिसके माध्यम से आप अगर पेमेंट करना चाहें तो आप देख सकते हैं ये आप कर सकते हैं भीम फोन पे गूगल पे पेटीएम व्हाट्सएप एम व्हाट्सअप अदर डिटेल और इस पर आप जिसके माध्यम से करना चाहें आप कर सकते हैं अदर यूपीआई सपोर्टिंग का भी ऑप्शन से तो चलिए दोस्तों हमने तो कैश ऑन डिलीवरी मंगवाया तो हमें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है हम बाहर हो लेते हैं इसके बाद कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पर क्लिक कर देंगे कैश ऑन डिलीवरी पर क्लिक करने के बाद तो आप देख सकते हैं इसको ओपन करके बुकिंग बुकिंग रिफ़िल नंबर ये आ चुका है और ये आप देख सकते हैं ऑर्डर हमने किया है तो ये ऑर्डर है ये इन्वाइस वगैरह जब ये जनरेट हो जाएगी इन्वाइस तो जैसे ही मान लीजिए घंटे दो घंटे बाद ये चौबीस घंटे के अंदर आपको इन्वायस भी मिल जाएगी तो ये आपको तो आपके डालेगा मेल पर यह भेज दी जाएगी और मोबाइल नंबर पर भी बुकिंग का मैसेज आ जाएगा और डिलीवरी जब होगी तो यहाँ पर डिलीवरी की भी इन्वाइस भेज दी जाएगी मोर डिटेल चाहें तो आप मोर डिटेल में भी क्लिक करके देख सकते हैं कि, कि किस जगह से एक जून और किसके यहाँ तक सिलेंडर पहुँचना है कैंसल भी कर सकते हैं आप ऑर्डर और, और, और आप अपने पूरे सिलेंडर की डिटेल भी यहाँ पे देख सकते हैं पे ना करना चाहें तो आप इसको पेमेंट भी कर सकते हैं तो दोस्तों यही बुकिंग करने का तरीका था बाकी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे टेक बेरी चैनल को काफ़ी ज़्यादा लोगों पर शेयर करें कि जिससे आपको नॉलेजबल वीडियो इसी प्रकार से